हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए आज हम आपको एक टिपलर दिखाएंगे जो मिस्त्री की दुकान पर जावेद मिस्त्री की दुकान पर सालों पहले बन के गया था ये टिपलर की क्वालिटी देखो ये चौधरी साहब है जिन्होंने टिपलर बनवाया था बताइए चौधरी साहब अपना नाम वाम सुनील हाँ जी हाँ जी टिपलर के बारे में बताया हाँ जी जी और इतना अच्छा कितना बनाया बनाया मेरा क्योंकि मेरा को ही बहुत अच्छी तरीके से बनाया। आज इसमें जैक का जैक का डेगा लगवाओगे जी हाँ जी साइड में पोली। तो साइड की दोनों कोहली हाँ जी इसमें देखिए ये ये रास्ते के लिए देख इसमें ऐसे बांधते हैं और यहां पे मार देते हाँ जी कि आवाज तो नहीं, हाँ हाँ तो भी भी नहीं है अब तक नहीं है साल तो पहले बन के गया न अब तक आवाज नहीं आई और बेल्ट का काम भी नहीं आया अभी जो भाई का तो तक ही नहीं कभी हाँ जी कभी नहीं और इसके बैलेंस के बारे में बताइए बैलेंस बहुत अच्छा भर ये देखिए टिपलर दो तीन एक दो साल पहले बंद के गया था ये टिपलर देखिए क्या क्वालिटी अब लो टिपलर में कहीं वेल्ट का काम नहीं आया और इनका बैलेंस बहुत अच्छा रहता है ये देखिए पीछे हिचे लगवाया चौधरी साहब ने ये देखिये हाँ जी हो, तो भी है। जोड़ने के लिए पीछे बुग्गी जोड़ने के लिए अब आपको नीचे पीछे डेगा भी लगवाया आपने ये देखिए सीट नहीं है हाँ जी देखिये आज भी सीट कहीं से कुछ नहीं हुआ है बैल्ट देख सकते हो आप जंग भी नहीं आया देखिए मोडिफाई कर रखी है इन्होने देख सकते हो आप टिपलर की क्वालिटी देखिए पीछे का भी लगवाया इन्होंने देखिए अभी हम आपको साहब से मिलवाते हैं टिपलर बहुत बढ़िया है पचास क्विंटल तक तक में से अच्छा जी देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब किसान भाइयों सब्सक्राइब कर दो